तो अब की, तो की बहुत याद आएगी ठीक है लेकिन क्या करे स्कूलिंग जरूरी है इसके टेस्ट भी आने वाले हैं तो प्रिपरेशन करेगा अपनी और साइल की भी बहुत याद आएगी साइल भी नहीं आ रहा है साइल की भी एग्जाम है ये भी अपनी तैयारी करेगा ना खाली यहीं पर कह रहेगी मजे मारोगे बात कहा बन, जाना है कहीं नहीं जाना इसको बाहर बाहर ओके कुनाली अगर तूने बताया साहल तुमने को बताया मेरे को पानी पीने मम्मी देख लो बता देगा साहिल को मम्मी देख लो बता देगा क्यों बताया बाय कुनाली बना ली। आपने आपने क्यों बताया आप साइल को मैं, मैं नहीं लेकर आपके लिए ले कुछ भी कुछ भी नहीं क्या? क्या क्या ये ये बात? बात है यार? मेरे घर में मुझे नहीं कुछ नहीं देगा बहुत बिगड़ गया छोड़ को अरे मैं लेट हो रहा हूँ छोड़ चाची देख लो मार मैंने से से लिया। से लिया। बोला ना।